तुझे से दिल लगा है कोई रब्बा ने तेरे मेरा अच्छा चलता हूं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना सिक्की तारों में भी रे पीछे जीन से मांग नाल तक मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा तेरा लव री खुद दर्जी तुझ प्रीत पुराने मुसरी मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बज मुझ अंदर ही अंदर